आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स दो कर का बताने वाला हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है तो पहला क्वेश्चन से है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नवे से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है आपका ऑप्शन नंबर है ए अरुण वेंकटरमन राहुल सचतेवा अनिल कुमार राय मोहन वेंकट तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण वेंकटरमन ए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है अरुण वेंकट अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंट को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी राज्य सरकार को सलाह देने का बीस साल से ज्यादा का अनुभव हासिल है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू आनातोले कोलिने माकासो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए इराक बी कांगो सी रवांडा डी तंजानिया दोस्तों इसका आंसर आंसर मैं बताता हूं आपको टू का बी है कांगो कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सेसो नगोसो ने अनातोले कोलिनेट मकासो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है इस नियुक्ति से पहले मकासो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे वे दो से दो तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे है। हैं बढ़ते हैंक्स्ट क्वेश्चन की ओर छब्बीस मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की इसके तहत अमेजॉन आठ पॉइंट चार अरब डॉलर में एमजीएम का अधिकारण करेगी एमजीएम स्टूडियो की स्थापना मार्कस लो और लुइस बी मेयर ने 17 अप्रैल उन्नीस को की थी। थीजॉन ने, ने कहा कि वह स्टूडियो की व्यापक सूची में विकास करेगी खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल एक सौ तैतालीस खेलो इंडिया केंद्र खेलने का फैसला किया है दस ऑप्शन ए बी ऑप्शन चार ऑप्शन सी सात डी पांच ऑप्शन नंबर इसका सी सही है खेल मंत्रालय ने स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए सात राज्यों में कुल 143 खेलो, इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है इस पर कुल 14.30 करोड़ रूपए का खर्च आएगा इन केंद्रों को महाराष्ट्र मिजोरम गोवा कर्नाटक मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फाइव निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यवनारायण आर्या ने संपत्ति छत्ती वसूली विधेयक दो को मंजूरी देती है ए हरियाणा बी पंजाब सी बिहार डी झारखंड इसका हरियाणा हरियाणा के राज्यपाल सत्य नारायण आर्या ने संपत्ति छत्ती वसूली विधेयक इक्कीस को मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह कानून बन गया है इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का खजाना वसूलने का अधिकार होगा यह विधेयक अठारह मार्च दो को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्च योगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी इसका आंसर हो जाएगा डी नाइन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि सरकार नौ देशों में अपने उच्च योगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी इनमें बहरीन कोवैत ओमान कतर यू ऑस्ट्रेलिया कनाडा सिंगापुर सऊदी अरब शामिल हैं वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला प्रोधी हिंसा से निपटना है और अधिकारी के अनुसार भारत में तीन और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन भारत और किस देश ने दो प्रमुख रक्षा अच्छा समझौता का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है नेपाल ओमान कतर इराक इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों दो बी ओमान भारत और मान ने दो प्रमुख रक्षा समझौता का नववीकरण किया है जो समुद्री स्वच्छा सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है उमान खाड़ी देश क्षेत्रों में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक साझेदार है इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर भारत की खाड़ी और पूर्वी पफ्रिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है यह पहला सच्चा समझौता है जिसमें भारत ने खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं क्वेश्चन नंबर एट कृषि मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वित्त मंत्रालय हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफायती किराया आवास योजनाओं को शामिल किया था ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए धन्यवाद